भोपाली भी कुछ लोगों ने कहा तो तनाई के ऊपर लिखा था कि तन को में मैं तनहा कैसे छोड़ को में मैं कैसे छोड़ दूसरे ने ही तन में ही तनहा बहुत साथ दिया वाह क्या बात है तन को तन में मैं तनहा कैसे छोड़ दू तन ने ही तनहाई में ही तनहा बहुत साथ दिया बहुत बहुत शुक्रिया आप जैसा सुनेंगे मैं और सुना पाऊंगा एक और शेर तमन्ना है तो तिलियां तोड़ कर निकल आओ बाहर आजाद होने की तमन्ना है तो तीलियां तोड़कर निकल आओ बाहर आजाद हो जाओगे तो तुम्हें अपनाया ना जाएगा आजाद हो जाओगे तो तुम्हें अपनाया ना जाएगा लिखा है जिनके लिए जाहिर है सिर्फ तुमको ही लिखा है जिनके लिए जाहिर है सिर्फ तुमको ही सुनाने उनको जाओगे तो सुनाया ना जाएगा वाह। सुनाने उनको जाओगे तो सुनाया ना जाएगा और एक गजल में सुनाता हूँ जख्म है तो उनको सीना क्या जख्म है तो उनको सीना क्या जब बिना दर्द के ही जीना है तो जीना क्या हाय हाय। जख्म है तो उनको सीना क्या जब बिना दर्द के ही जीना है, जीना है तो जीना, जीना, जीना क्या? क्या और किया है इश्क तो हर हाल में निभाएंगे किया है इश्क तो हर हाल में निभाएंगे बहे उसमें खू या हो पसीना क्या आ. बहे इसमें खू या हो पसीना क्या और खुदा मौजूद है जब खुद के दिल में ही खुदा मौजूद है जब खुद के दिल में ही ढूंढने जाना है क्या क्या काशी कोई मदीना क्या ढूंढने जाना है क्या काशी कोई मदीना क्या और हो गई हो मोहम्मद हो गई हो मोहब्बत जब हम नफस से हो गई हो मोहब्बत जब हम नफस से फिर हो कोई भी लड़की कोई हसीना क्या फिर हो कोई भी लड़की कोई हसीना क्या और जब बिना दर्द के ही जीना है तो जीना क्या